नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार जे सी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों पाठ संख्या 18 अंतरिक्ष से के भाग एक के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि हमारी धरती कैसी है हमारी धरती गोल है तो चपटी क्यों दिखती है हम धरती पर कहां रहते हैं इसके साथ साथ हम अंतरिक्ष की कुछ रोचक बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे तो आइए चलते हैं इन्हीं सब बातों को विस्तारपूर्वक समझने के लिए शामिल होते हैं आज के इस डिजी क्लास में तो आइए जानते हैं अपनी कमाल की धरती को आज भी सोनू जल्दी उठा हाथ मुंह धोकर प्रोजेक्ट बनाने में लग गया उसे पृथ्वी का मॉडल बनाना है पड़ोस की संजू भी दौड़ी दौड़ी आई दोनों ने मिलकर मॉडल बनाया उन्होंने गेंद कील और विभिन्न देशों तथा तो महादेशों के मानचित्रों से पृथ्वी का एक सुंदर सा मॉडल जिसे हम ग्लोब कहते हैं बनाया सोनू के दादाजी ने खलिहान से लौटकर बैलों को खूटे से बांधा वे पृथ्वी के मॉडल को देख चौंक पड़े और उन्होंने कहा अरे यह क्या है यह पृथ्वी का मॉडल है हमारी धरती इसी तरह गोल है गोल है मैं कल ही अहमदाबाद से काम से वापस लौटा हूँ इतनी दूर की यात्रा में सभी जगह पृथ्वी को चपटा ही देखा तुम कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी गोल है नहीं दादाजी सर बता रहे थे कि पृथ्वी बहुत बड़ी है एक बार में हम पृथ्वी के बहुत छोटे हिस्से को ही देख पाते हैं इसीलिए पृथ्वी गोल नहीं चपटी दिखाई देती है क्या किसी ने देखा है कि पृथ्वी गोल है ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ दादाजी पता है सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो टीवी पर बताया जा रहा था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं यह भारत है हम यही पर है यहाँ से तो हम गिर जाएंगे यहाँ खड़े कैसे रह सकते हैं हम सब ग्लोब के अंदर हैं क्या नहीं दादाजी यदि हम ग्लोब के अंदर होंगे तो फिर आसमान तारे सूरज और चांद कैसे दिखेंगे हम ग्लोब के ऊपर ही हैं तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या यहाँ वाले तो उल्टे खड़े होंगे ये लोग गिर क्यों नहीं जाते हाँ अजीब है ना और ये सारा नीला नीला समुद्र का पानी नीचे क्यों नहीं गिरता हाँ तो बच्चों आइए अब हम इस बात पर चर्चा करें कि हम धरती पर कैसे रहते हैं हाँ यदि धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं आप तो यह जानते हैं ना कि धरती में एक तरह की आकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है हाँ वैसे तो प्रत्येक वस्तु में यह गुण होता है कि वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है लेकिन धरती बहुत बड़ी है इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है इसलिए यह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचे हुए है जिसके कारण हम धरती पर रहते हैं चलते हैं परंतु हम इससे गिरते नहीं हैं चाहे हम धरती के उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो हम धरती पर रहते हैं और किसी भी तरह से हम धरती से गिर नहीं सकते आइए तो अब कुछ अन्य बातों का भी पता लगाते हैं आप ऐसा कीजिए कि आप अपने विद्यालय के ग्लोब को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि भारत के ठीक दूसरी ओर कौन सा देश है क्या वहाँ के लोग उल्टे खड़े हैं नहीं ना। यदि आपके विद्यालय में ग्लोब नहीं हो या आप अभी विद्यालय में नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने भाई बहनों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलके पृथ्वी का एक मॉडल बनाइए जिसे आप ग्लोब भी कहते हैं और इस ग्लोब को फिर आप ध्यान से देखिए और इस पर आप सभी देशों के चित्र को लेकर के चिपकाइए और फिर अपनी कमाल की धरती के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताइए बच्चों सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आने के बाद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी अपनी दोस्त के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता जब भारत आई तो आपकी तरह हजारों बच्चों को उनसे अंतरिक्ष के बारे में बातचीत करने का मौका मिला आइए हम जानते हैं सुनीता विलियम्स से ही अंतरिक्ष की कुछ रोचक बातों को सुनीता बताती हैं कि हम एक जगह तो टिककर बैठ नहीं सकते थे अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह कर जाना पड़ता था खाने के कमरे में उड़ते हुए खाने के पैकेटों को उड़ता हुआ जाकर पकड़ना पड़ता था हर काम अलग तरीके से तैरते हुए करना पड़ता था एक जगह काम करना होता तो अपने आप को बेल्ट से बांध कर करना पड़ता था हाँ वहाँ मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में पृथ्वी का आकर्षण बल कार्य नहीं करता तो इस पाठ के पहले भाग की समाप्ति पर हमने जाना कि पृथ्वी गोल है ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है हम लोग धरती पर रहते हैं धरती सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है और साथ ही साथ हमने यह भी समझा कि धरती से बहुत दूर जाने पर पृथ्वी का आकर्षण शक्ति काम नहीं करता धन्यवाद इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ अगले भाग में हम जानेंगे पृथ्वी और चांद की कुछ अन्य रोचक बातों को क्लास के साथ।